नमस्कार दोस्तों सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार आदरणीय माताएं पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम हमारे महापुरुषों ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों कि पीठ हमें हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि जब बासी हो या धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलती है तो चलिए आइए पीठ संबंधी समस्या के समाधान हेतु हम कुछ विधि सीखते हैं बहुत ही सरल और आसान विधि है चाहे दर्द हो या जकरन हो इस विधि को अपनाकर हम उससे समाधान पा सकते हैं तो सर्वप्रथम इस तरह से उंगुली के आकार बना लेनी है ध्यान से देखिएगा इस तरह से उंगुली के आकार बना लिए और इसी तरह से रखते हुए लंबी गहरी श्वास ना फेफड़ा में भरनी है लंबी गहरी सांस ना भी फेफड़ा में भर लिए दो चार सेकेंड रो के फिर छोड़ दिए ये विधि दस बार तक करनी है उसके बाद दूसरी विधि है इस तरह से हाथ फंसा लिए और इस तरह से पैर के पंजा के पल पर इस तरह से कूदनी है एक से दो मिनट इसी तरह से किए फिर थोड़ा सा आराम कर फिर एक से दो मिनट इसी तरह से किए फिर आराम कर लिए इसी तरह से पांच बार पैर के पंजा पर चलनी है ये हो गया दूसरी विधि अब आइए हम तीसरी विधि सीखते हैं बहुत ही सरल और आसान इस तरह से हाथ के आकार बना लेंगे और इस तरह सर उठाए हुए इस तरह से मालिश करनी है कुछ वजन पैर के पंजा पर हो और हाथ इसी तरह सर उठाए इस तरह से मालिश करनी है जहां भी दर्द अधिक महसूस हो इसी तरह से आगे पीछे करनी है इस साइड दर्द है तो इसी साइड किए पीछे दर्द है तो यहाँ पर किए इधर दर्द है तो यहाँ किए कमर के आसपास दर्द है तो यहाँ किए इसी तरह से मसाज पाँच मिनट तक लगातार करनी है ध्यान से देखिएगा फिर आइए इस साइड से घूमकर हम बता देते हैं इस तरह से ध्यान से देखिएगा आगे पीछे आगे पीछे इसी तरह से मसाज करते रहें जहाँ भी दर्द हो पाँच मिनट तक लगातार आगे पीछे आगे पीछे सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद या दिन में जब भी पेट खाली हो या शाम में भी खाना खाने के पहले ये विधि कर सकते फिर इधर से घूम कर आइए दिखाते हैं ध्यान से देखिएगा इसी तरह से आगे पीछे आगे पीछे मसाज कर फिर इस तरह से देख लीजिए इधर आगे पीछे आगे पीछे जहां भी दर्द हो वहीं मसाज कर सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद पाँच मिनट इस विधि को करनी है तब ये भी विधि आप समझ गए होंगे इसके बाद थोड़ा सा आराम कर लेनी है थोड़ा सा आराम कर लिए रेस्ट कर लिए उसके बाद फिर चौथी विधि इस तरह से शरीर के आकार बना लेनी है ध्यान से देखिएगा इस तरह से शरीर के आकार बना लिए पूरा वजन हाथ के पंजा और पैर के उँगली पर और श्वास की गति सामान्य हो और इस तरह से है। पूरा पैर ताकना है इसी तरह सर घुमाए पांच बार इधर सर कर लिए और फिर पांच बार सर इधर कर बहुत ही सरल और आसान विधि है पीठ में या तो दर्द है जाकरन है जो भी पीठ में समस्या है तो इस विधि से हम समाधान पा जाएंगे उसके बाद फिर आराम से इस तरह से बैठ जाएंगे अब फिर उंगुली का आकार इसी तरह से बना लिए और घुटना पर रखते हुए फिर लंबी गहरी श्वास ना भी फेफड़ा में भरनी है ना भी फेफड़ा में लंबी गहरी श्वास दस बार फिर भर लेनी है लम्बी गहरी श्वास नाभी फेफड़ा में भर लिए दो चारके रो रोके और फिर धीरे धीरे छोड़ दिए पूरा लंबी गहरी श्वास नाभी फेफड़ा में भर लिए रीढ़ की हड्डी सीधी हो ये ध्यान रहे पूरा लंबी गहरी श्वास नाभी फेफड़ा में भर लिए दो चारकेंड रोके फिर धीरे धीरे छोड़ दिए यह विधि दस बार करनी है शुरू सारा विधि शुरू करने से पहले दस बार और फिर अंत में दस बार और बीच में जो विधि वो भी कर लेनी है ये सारी विधियां यदि हम सही से करते हैं सुबह सुबह खाली पेट या दो दिन में जब भी पेट खाली महसूस हो या शाम में खाना खाने से पहले तो पीठ संबंधी समस्या के लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा कुछ भाई बहन जो भी पीठ संबंधी समस्या से ग्रसित हैं वो आते हैं और इस विधि सीखकर दो चार दिन के बाद ही कहते हैं कि क्या चमत्कार हमारा महापुरुषों ने ऋषि मुनि ने हमें बताया है हमारे इस विधि में कितना दो चार दिन में ही हमें काफ़ी लाभ महसूस होने लगा तो इसी तरह से आप जो भी भाई बहन नौजवान साथी आदरणीय माताएं, पिता तुल बुजुर्ग पीठ दर्द या जाकरण से समस्या से परेशान हैं तो इस विधि को अपनाएं और लाभ प्राप्त करें इसी शुभ भावना के साथ आप सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार जय हिंद जय भारत